मकान मेरा छोटा था पर खाब मेरे बड़े थे छोटे घर की छत से सितारे नजर आते थे राह मेरी मुश्किल थी रासमान मेरी मंजिल थी लेकिन आंधी से जो डरे वो परिंदा नहीं हो मैं अपनी उड़ान हौसलों से भर रहा हूं जो किसी और ने किया है वो क्यों दोहरा जाए जिसे किसी ने सोचा तक नहीं वो क्यों ना करके देखा जाए मिसाल देने से लाख बेहतर है मिसाल बनो ये बात मैं दावे से कह सकता हूं कि मुझसा ना कोई है और ना कोई होगा और ये बात भी मैं दावे से कह सकता हूं कि आपसा ना कोई है और ना कोई होगा सोचिए